चीज के बारे में पता होगा और उनके इंग्लिश में नाम भी याद होंगे पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोटी यानी कि चपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप जान लो रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं नहीं कौन नहीं जानता जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था और इस समय आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रहा है ये इमेज को 1947 को खींचा गया था पर क्या आप ये जानते हैं कि आप जो गांधी जी की फोटो को आज इंडियन करेंसी पर देखते हो वो इसी इमेज की कॉपी है जिसे की क्रॉप करके इंडियन करेंसी में यूज किया जाता है इट्स माइंड ब्लोइंग शार्क के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा 3.6 मिलियन साल पहले ये समुद्र पर राज किया करती थी ये इतनी बड़ी शार्क थी कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये है आज प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी शार्क वाइट बो हेड शार्क जिसकी लंबाई होती है लगभग 10 फीट और इसके कम्पेरिजन में अगर हम मेगल के जॉ यानी की मुँह ऐसी करें तो वो कुछ ऐसा होगा पुलिस इतनी अच्छी है कि वहाँ के लोग बिना किसी रीजन के भी अरेस्ट होना चाहते हैं, भले ही उन्होंने कुछ भी नहीं करा हो मतलब की ना कोई लॉ को तोड़ा हो तब भी वो अरेस्ट होना चाहते हैं। उस देश के पुलिस का नाम है यूक्रेन पुलिस अद्भुत चीजें घटती रहते हैं उनमें से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिन्हें देखकर हम शॉक्ट हो जाते हैं कुछ ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के एक सिटी सिडनी में देखने को मिला है क्या हुआ कि सिडनी के वेस्ट साइड में 102 साल पुराना शिप एक फ्लोटिंग फॉरेस्ट में बदल गया है और वो ऐसा दिखता है जगह तो है जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होती है जहाँ से हिम्मत वाले लोग ही जा सकते हैं चाइना के माउंट हुआ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो सीढ़ी होती है जिसे चलकर हम ऊपर जाते हैं वो सीढ़ियाँ एकदम सीधी हैं, मतलब कि वर्टिकली अलाइन की गई हैं। हमारे यहाँ जो सीढ़ियाँ होती है वो थोड़ी झुकी होती है पर वहाँ इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी सीढ़ियाँ बिल्कुल वर्टिकल है और इस माउंटेन को वर्ल्ड टॉप फाइव डेंजरस प्लेसेस में रखा है आप इस इमेज में देख सकते हो कि इस माउंटेन का कंप्लीट लुक क्या है नंबर के आस धरती के सबसे अमीर आदमी हैं और जिनकी नेटवर्थ वन फोर्टी मिलियन डॉलर है जो इंडिया रुपीज के हिसाब से इतनी होती है और आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो इसे 1999 में खींचा गया था ये और कोई नहीं ये अमेजोन का ऑफिस है जहां पर जेफ बेज़ोस बैठे हुए हैं और आज वो अमेजोन का ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है और अगली बार आप कुछ बड़ा करने की उम्मीद छोड़ दो तो आप इस फोटो को जरूर देख लेना तो सभी पानी और हवा को एक जगह आरोप ले लेते हो मतलब की सारा वाटर और एयर जो अर्थ आरोप मौजूद है उन सभी को एक जगह आरोप ले लेते हो तो वो अर्थ कंपेरिजन में बस इतने ही हैं, लेकिन ये पूरे अर्थ में फैले हुए हैं। कभी देखा ही होगा उनमें से कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और कुछ खराब पर आप बिलीव नहीं करोगे कि एक ऐसा मशरूम पाया जाता है जिसको सिर्फ एक बार खाने से वो आपको जिंदगी भर तक जिंदा रख सकता है मतलब कि सिर्फ एक मशरूम आपको पूरी लाइफ के लिए जिंदा रख सकता है लेकिन ये अभी तो साइंटिस्ट कहते हैं पर ये अभी भी प्रूवन नहीं है तो बर्गर्स बेचता है पर क्या आपको पता है कि मैकडोनल्ड कंपनी का एक एम्प्लॉय सात महीने में जितने पैसे कमाता है उतना एक सी एक घंटे में कमा लेता है इससे पता चलता है की एक सी और एम्प्लॉय में कितना फर्क होता है क्यूँकी ज्यादातर बर्ड पेड़ आरोप बैठते है और कुछ अमीर लोगो ने अपने महंगी कार आने के लिए अपने घरों के पास के पेड़ों पर स्पाइक्स यानी कि काटे लगा दिए हैं ताकि बर्ड्स उन ट्रीज पर ना बैठ पाए और उनकी गाड़ी भी बच जाए मतलब कि आप सोच सकते हो की कुछ इंसान कितने ज्यादा बेकार होते हैं तो पता ही होगा जिसका अंत एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ हुआ था पर आप मानोगे नहीं की वर्ल्ड वार टू में एक ऐसी लड़ाई भी लड़ी गयी थी जिसको जानकर आप शॉक्ट हो जाओगे हुआ यूँ की वर्ल्ड वार टू में यूएस नेवल ने एक जापानीज सम्बइन के ऊपर आलू फेंके और वो जीत गए आप बोलोगे की आलू से कोई लड़ाई कैसे जीती जा सकती है तो मैं आपको बता दूँगी दरअसल जापानीज उन आलूओं को ग्रेनेड समझ लिए थे और उन्होंने हार मान ली थी मतलब कि आलू क्या कर सकता है ये पाप जान गए हो एनिमल को आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा ये एनिमल्स धरती पे पाए जाने वाले सभी मैमल्स में से सबसे ज्यादा आलसी एनिमल्स में से एक है एक स्लॉट दिन में सिर्फ 38 मीटर ही चलता है जो कि बाकी मैमल्स के कंपैरिजन में काफी कम है इतना कि अगर कुछ स्लॉच तो मरने के बाद भी पेड़ के ब्रांच आरोप लटके रहते हैं जैसे की आप इस पिक्चर में देख सकते हो की कमी नहीं है और कुछ लोगों ने अपने कारनामों से दुनिया को चौका कर रख दिया है कुछ ऐसा ही साल 1925 में दो शख्स जिनका नाम था ग्लेडी रॉय और इवान ओनगर उन्होंने प्लेन के विंग्स के ऊपर टेनिस खेला है एक चलते प्लेन के विंग्स के ऊपर टेनिस खेला है और ये अब तक की मोस्ट डेंजरस चीजों में ऐसी एक